कहे तो कोई परदेश के बात कहे तो कोई परदे के बात परदेश के बात कहे तो कोई परदेसी कोई संस्कृत में लिखते हैं उधो जी से कहती हैं राधिका जी हे उधो मंदिर अमन हरी बध गयो हरी आहर टे जा मंदिर यार दे अमन हरि बध गयो तेहरी मंदिर कहते हैं मंदिर अर्ध मंदिर का आधा क्या होता है पाख पाख कहते हैं उसको मंदिर का ऊपर का गुंबद हटा दीजिए दीवाल को पाख बोलते हैं वही कहते पाख यानि कि पख एक पख काके गए आने के लिए मंदिर अरध है अमन हारी बधे गयो केहरी आहार डे जात मंदिर यार ध्याम हरी बध गो यानी कि एक पख कह के गए आने के लिए केहरी कहते हैं बाघ को संस्कृत में बाघ का या हार क्या होता है मांस यानी कि मांस का मतलब महीना कह के गए कि एक पख में आ जाएंगे आज महीना बीत गया लेकिन सारथना सारथना अज्ञान संस्कृत में अज कहते हैं बकरी को अज्जा भक्षण बकरी का भक्षण यानी कि खाने का चीज क्या है पाता पाता यानी चीठी पत्री पत्ती कहती हैं राधिका जी एक पख कह के गई एक महीना बीत गया लेकिन एक चिट्ठी अभी तक नहीं अनुसारथ मतलब लिखना एक चिट्ठी भी लिख के नहीं भेजे आजा आज भक् सारथ नाही कैसे कटे दिन रात कहे तो कोई परदेसी के भार कहें तो कोई परदे दे सी के बाद आगे कहती हैं राधिका जी शश्री पुबर स समा सम भान रिपु जुग सम यानी कि शशि कहते हैं चंद्रमा को चंद्रमा उग जाते हैं तो लगता है कि वर्ष बीत गया भान कहते हैं सूरज को भान भान यानि कि सूरज दुश्मन बन जाते हैं लगता है कि एक जुग बीत गया इधर हर रिपो हर रिपु यानी हर कहते हैं महादेव को महादेव का दुश्मन कौन होता है कामदेव राधिका जी कहती है इधर कामदेव भी सता रहे हैं शशि रिपोर सी पु चु गए समय हर रिपो कर गयो घात आगे थोड़ा हिसाब लगाने की जरूरत है कहते हैं राधिका जी कहते हैं ग्रह नक्षत्र ग्रह नक्षत्र वेद जोड़ी आधा करी ग्रह नक्षत्र और वेद ये तीनों को जोड़ के उसका आधा करना है गुरु जी ग्रह कितने होते हैं नौ नक्षत्र कितने होते हैं तो सताइस है नौ छत्तीस ग्रह नक्षत्र जोड़ते हैं तो छत्तीस होता है उसमें वेद भी जोड़ने हैं वेद कितने होते हैं छत्तीस से चार चालीस और सबको तो जोड़ के अर्ध करना है आधा करना है कितना होगा बीस बीस यानी कि जहर राधिका जी कहती है ग्रह नक्षत्राध चोरी और धा करी हे बुधी लगता है कि अब श्याम नहीं आएंगे तो अब जहर खाना पड़ेगा कहती हैं ग्रह नक्षत्रा बेध चोरी और धा करी सोई बनाता बखा कहे तो कोई परदेशे दो कोई परदेश बात आगे कहती हैं राधिका जी मग पंचामे सोई ले गयो सावरो ताते जी कुलात माघा नक्षत्र का पचवा नक्षत्र होता है गुरुजी। जी नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र चित्रा होता है कहती हैं राधिका जी चित्रा चित यानी कि दिल मग पंचम ले गयो सावरो विकल भाई राधिका सूरज विकल भाई राधिका करमल की बछता कहे तो कोई परदेसी के बार परदेसी के बाद परदेसी के बार कहे तो कोई परदेसी तो कोई परदे के बात कहे तो कोई परदे के बा कहे तो कोई परदे सीख के बा